जी हाँ गाई जगह चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड कर तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाइस। आते पहुँच दिन भर पानी कॉल पर। सारा दुनिया काम को के निहाल हो गेल हो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो आ ई सार लोग बा 10 बजे सुत के उठत आ हम अकेला घर मरवतानी खाए चाय पी हग के भोर तोरा गां से आगत तनी कि हम अपन आ कोन बारे ए हम बनी हम तो बाहर निकल जोर से लागल बा ए अंदर तब नहीं निकला अभी चुपचाप नहीं खारा बा साला पेट गड़बड़बा बर्दाश्त नहीं करत ये साला सो जल्दी आ खेत में डने बनाने के बा ए जान मर देवता नहीं डने बनाने के बा ऐ छोरे निकले लगावता नहीं ए रुक ए गौर लेड़ी छटका दी अरे निकलबे कि ना रे साला मैं निकलौ छटकी तब निकलौ पे लाइक फकिंग पीटी स्कैरियोस क्लिक ऑन इट काओ भैया तू डनेर काहे कटला ए हमरा में बात हम काटा बना ओए हाय ई तोरा में बा बुझला कथि बार सला बुढार से बार-बार सला डनेर काट देता ए मार खले के मार खले रे निकल ला वेट अ मिनट हु वेयर आर यू अरे हे सला ना, ना मान <laughs> <laughs> Another one. Another, oh, one. Another, one. Another one. Another one. Another one. Another one. Another one. And the sala hoggie is my panic attack right here. Yeah, sala, my food is on the table. You sala, you get it done. Yeah, sala, you get it done. You mother nature, what are you doing? जल्दी जो ना जल्दी जो ना। यार मेरे पास पैसा बहुत कम है काश मैं और पैसा कमा पाता ईएमआई भी भरना है अच्छा ये बात है तो तू कॉपी ट्रेडिंग ऐप यूज क्यों नहीं करता ओक्टा इफेक्स की तरफ से ओक्टा इफेक्स ये क्या है भाई तेरे को ऑक्टा इफेक्स के बारे में नहीं पता ऑक्टा एफेक्स जो दिल्ली कैपिटल्स का के न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गया है और तो और इंडिया का बेस्ट फॉरिक्स ब्रोकर भी है दो में तेरे को पता है सबके बारे में मुझे भी पता इस प्लेटफॉर्म पे एक लिस्ट होती है एक्सपीरियंस फॉरेक्स ट्रेडर्स की जिसे हम मास्टर मतलब आप भी मास्टर ट्रेडर अर्न करेगा तो आप भी कम है हुआ हो। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा सच्ची और हाँ। और हर ट्रेडर को रैंक जाता है है है उनके उनके पे एक से लेकर तक ट्रेडिंग प्रॉफिट के बेस पर मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है। यार ये तो सही है। तो सही आप भी अपने पैसों को काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको मिलेगा 15 तुम आका भोग रहा है। तुम और भी? हाय, तुम मार के देख ले। अगर तुम कहना पाती नहीं हूँ, तो पत्ली पत्ली एक बात का बलात्मा। का, बुधा मार। कट, कट, कट किनका? अरे तोड़ना पिछड़ना। और धुमन की गाड़ जहाँ मिले, मार दो। देख ले। हाय, इस रागे। अच्छा। वो बंसली वाले चचा। हे रुक काहे ल तो है ना वो चल पापा के मारे ता मारे दे मारे दे साला सब तनगा से खाली खुन्नी को जा दे हाफ मडर के सो ए ओ पा रे साला सब हागे लख आ पानी फुल मडर हो गेली ता ओके दे तभी तो साला से सुधरी ऐसे ही पापा बुढ़ा गेले वा ए मुठा हां भाई और साला पिटकड़ा चल खीखले आ जाओ तू पकड़िए हमरा में चल छररताई मत ले चल चल चल अरे भाग रे भाग और ये मत थरवा के हां मार आ और वैसे 50 रुपये देने में आपकी किसी नहीं पड़ रही है तो मैं आपको झंडू ही हूं और ये मीडिया वाले बहुत चुटियां बनाते हैं सब और कटबे रे साला डनेर ऐ छोड़ चला चल भाग जैसे भाग हाँ पीटा आ गलती किए हो हां पिटा नहीं हां बढ़िया मार लो कस देख ना मार के तो फुला दे ये तो झाड़ भी देला खाली आंख फुला तो खाली आग के तो चलेला ताकि पुनीख लो की तुम लोग हाथ मार करके सोई फुल्ले मुठना जितना या न मटरे ने भरा दे के चाहि रतलाश की लाश चल करे ए हमर झाड़ गिरी इतना पीड़ा गेली से रतलाश है ना मारिक नहीं लाश गिरे जन सुनो भोसड़ी चलो ब्यान हम कोनम डने देखत अनि कोन साला आके रोक ले बता चलो आज अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा तो ना तो का का बोलत नहीं खास और बजा झगड़ा मारपीट ना करे के अच्छा ना लागेला ए ला। चल पटी परदार मुंह में मुद के चल जाइए झगड़ा छे ना लागेला ला। चल पापा काटो नहि हाल ही हाल ही काटो साला तन को बंडेनर नहीं के छोड़ ले पूरा काट दो भईयो बनका तो नहीं दोनों भाई हग तक छुवा ले अब बुआ सजा का होगा ई सर्वसा खेत के घर बुद लेलबा दिन रात ए में लोटात रहता अब हां अब बोला का कहत रहा भाई सारा से सा सुबह से आके खेत के डनर काट के पूरा बराबर कर लेबा और ऊपर से थाला हमर सुन लेकिन खेत में हक तो बा मार दी साला साके ठीक हैला तू काथी मारबे साला हमहे मुआ दे मार दे ए साला अरे बाप रे बाप बाप रे बाबू बाप रे बाप माल में चले बाप को मसीगा रे भतरा मारी रे बेटवा चिवौनी भतरा मार के सब हमरा भतरा के कबा The beauty of me is that I'm very rich. I mean, I'm actually a nice person. A lot of us are nice. I'm really smart. Went to the Wharton School of Finance. Even then, long time ago, like the hardest or one of the hardest schools to get into. Did well at the school. Came out, made a fortune. We need to build a wall, and it has to be built quickly. You know, I, I started off in Brooklyn. सोरो भागना तो मारम तोलात की पूरा घर में ये उतर जाई ए चल भीतर जो मई तू भीतर जो मार माता छोड़ दो तोए में आया हां बताओ का विचार है सोढ़ी भोसड़ी के माता छोड़ फेंक के लगा के केस करम मच्छर था जरा सरोज साहब कौन तोर माता परला आ रहा हूं ए हामिद मार साला किस भर लग हुरमुठा भरला ही बनी गोली नहीं मारनी साले के माथे पटाख सुनत बानी ने मुखिया जी सरवा के बात का रे साला काम पहले तू नहीं मुखिया जी तेरे को तो बेटा माता चौथी बंद जमीन के झगड़ा ऐसा बढ़ गिहार में झाँटपुर जमीन ला पट्टी पर्दार जमीन सरोजहा लेकिन आदमी चल शमसा के के के एक एक ना, ना। ना मन का बुला जमीन जमीन से हो। जब हो। निकले से झगड़ा हो हो मुखिया जी, है कहा अच्छा हमर बात अगर तुनी के अच्छा लागल होई त ठीक बा आ ना लागल त तो बड बड करोगे पुलिस में गवे करी जाके लोग थाना में गाल लीवा हमखे जी हम अमीन बुलावा तनी पूछा लवाता पैसा दी हम ए चल दे देबौ रे सरवा अच्छा जमीन के लफड़ा बा बनिया से नापी जोखी करा लोग विवाद ना होगे चाहि हम इतने चाहतानी हम चाहतानी बहुत काम बा हमरा परना और में ये जो मजा है हिंदुस्तान के हम अमीन के बुला के नापी जोखी होको तुम तो जानते हो मैंने पुलिस की जरूरी पड़ी सब्र करो चल 50 60 किलो के ग्लास गिरी 2000 को गेट किस गेट से दा गेट यो तो वो बी स्लैक के पर बोल के एक भी तागे रख चल क्या आएगा मस्त जोक मारा यहां जरा हल्का था इधरो अपने खेतों में कड़ियां रख ले रे एही में खींच के रख एही में ए लायक सीधा रख सीधा ए काथी है सीधा नहीं तो सीधा यू कसका ओ में है सलामी नहीं बतिया था ना उधर लेकिन तो लागत है जा दे बरालाई अभी नापे दे सला जनता माफ नहीं करेगी आ रहा है तो वही जगह आ एको ठेला रख दिए मुझे अपने घर जाना है ए लायक फौरी लेके बाहर दक्षिण वाली तरफ दीदी होता कौन न पाई नापाथो रे साला जमीन बाह अब तो सर बोलते भोसड़ी के नाम लोलो सरवा हां चल हमर झांट के ना पाइनब ना बुझलौ हम का जाने रे चाचा एने आई है समझी हई दु करी जे जमीन बा हम कछु ना समझी ले हमर बेटा बता ओकरा के समझाई काफी समझावत रहो तनरा ठीक से समझाइए झूठा नाम बा हमर हम का करी झूठा नाम अगला आदमी के जमीन से जमीन ये काफी बात सरवा आजरा के बंदर चौपट जा रहा है आप ले आओ ना पे का चाचा बड़ा डने का ब और मुठिया ल हम देखत तोरे में निकल गए अरे सा बात बोल के रे अरे सा रे अरे सा रे अरे माने कर का सब तरु लोग अरे भाई और सारा जमीन ले बे आओ ए ताऊ ना और चार है ना भी हमको नहीं है क्या मीन तू सर्वे के नापिया होता सारा उ गलत नापता हमनो ही बनेगा झगड़ा करने करने तो हाँ। नहीं की हाँ। से हम करो फिर कल आज भैया जो तिवारी बुला के चल चल चल चल अमीन बोला कहा बना दियो। देखा अपने लापरवाही देख देख नहीं, नहीं? है नहीं? हा है नहीं से बाहर कैसा <laughs> <पीछे तुदेखो। laughs> <देखो। laughs> लगा मेरा मजाक? <laughs> से आते <laughs> क्या? हो कहा नाम कर दो सौ रूपया दे और 50 खाट ओवर एक्टिंग के जी। पचास रूपया पहले जो नापी भेल रहे खत्म सही रहा और पोल से 2 कटि जमीन इन करने बा तोरा में बाय बाय टाटा गुड बाय गया ईनु नाम हो तो यार तान का सो समझ के बोलल कर न त भुजा भुजा में हमरा देर ना लगा ले ज्यादा तो बोला <laughs> करे लड़का समझे तरेगा 42 साल का उम्र 42 साल का तो आले कह दे जेने तने घुमाता हटो ने भुजा भुजा चलो हम बताव दे तो जमीन कहां ले निकल बा बार बार यहां तक ले जमीन निकल बा पीला लेके आ ला हम तोरा तनी अपन तोनी फड़िया ला ओ यार यार गार में दो मिनट आ ए तत रोक ले बे का रे हलाओ न रे साला हलाओ ना शर्म करो भगवान से डरो घोसड़ी बड़ो भगवान लाथ लेबे साला दुदू बे रमीन बोला के नापी करवेले त यूतरा सं दृष्टि ना भेला ना भेला होई तू हलाओ न पहले साला बहुत बड़कर के बनाता रे बहुत बर्दाश्त कर लेनी देखा तनी कौन भरे से रोक ले बता लिया कोदारी ओम बरम साला के 150 रुपया देगा आज मुर्गा खस्सी ना आदमी के कीमा बने आदमी के कीमा बने बे रे बनाओ तो अरे हट हट ला कोदारी तुम्हारी चाकू क्या बात कर रहे घटना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हमारे यूपी और बिहार में रोज होते है कब तक कब तक ऐसी घटनाओं की सामना करेंगे आप लोग और आज ही देख लीजिए दो फीट जमी के लिए दो परिवारों में एक का कत्ल हो गया कल जो जमीन जहाँ था आज भी जमीन वही पे है लेकिन इंसान मैं हाथ जोड़ की विनती करना चाहूँगा हिंदुस्तान के पूरे आवाम ऐसी की जमीन के लिए इस तरह की वारदात न करे